नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे कन्या राशिफल दो हज़ार जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्षफल दो हज़ार कैसा रहेगा क्या कुछ घटनाएँ कन्या राशि के जातकों के साथ घटित होंगी कन्या राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा कार्य कैसा रहेगा उनकी एजुकेशन क्या होगी पारिवारिक जीवन कैसा होगा वैवाहिक जीवन कैसा होगा उनके लिए प्रे, उनका प्रेम संबंध कैसा होगा इस वर्ष और अंत में हम उपायों को बताते हुए इन आठ बिंदुओं पर आपको वार्षिक राशिफल 2020 बताएंगे उपाय जो दर्शकों रहेंगे बहुत ही जो है आजमाए हुए प्रयोग हैं इनको यदि आप करते हैं तो निश्चित ही वर्षफल दो आपके लिए काफी कुछ लेकर के आएगा राशिफल 2020 के अनुसार नव वर्ष आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा क्या जिनसे आप बिछड़ गए हैं वो साल 2020 में आपको मिलेंगे नए साल में कब करें एक नई शुरुआत कब किस्मत देगी कन्या राशि के जातकों का साथ कब बिगड़ेंगे हालात और कब आपके पक्ष में आएंगे परिणाम इन सभी यक्ष प्रश्नों के साथ मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष कन्या राशि का वार्षिक राशिफल दो बताने जा रहा हूँ दर्शकों देखिए नया साल जैसे जैसे आता है तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं बीत रहे साल में जो काम अधूरे छूट रहे होते हैं उनको पूरे करने की उम्मीद जो है हम लोग लगाए रहते हैं जो रिश्ते बिगड़ते हैं हम लोग सोचते हैं कि वो पटरी पर आ जाएँ और जो बिछा चुके हैं तो उनसे मिलने की उम्मीद और कैरियर में कुछ नए मुकाम को जो है हासिल करना ये सब हम आ, सभी लोगों के जो है मन में आता है कि आखिर में जो है भविष्यफल क्या होगा इसीलिए हम आप लोगों को पहले राशिफल बता रहे हैं तो जो कौतूहल होता है हर एक व्यक्ति के अंदर जो जिज्ञासा होती है जो उत्सुकता होती है कि आने वाला साल कैसा रहेगा तो इन्हीं सब को लेकर के हमने आप सभी लोग कन्या राशि के जातकों के लिए खास करके राशिफल तैयार किया गया है और उम्मीद करते हैं कन्या राशि के जातकों आपको हमारे ये राशिफल पसंद आएगा आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो हमारे हमको फॉलो करिए हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं तो कन्या राशिफल दो के अनुसार इस वर्ष आपको धन के मामले से जुड़ी कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जिसका आपको काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार था इसके अलावा इस साल की जो आर्थिक स्थिति आप लोगों की रहेगी इसमें काफ़ी कुछ सुधार होने के योग हैं एक ही घर परिवार में अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो खुशियों का माहौल दुगना हो जाएगा संभव है कि जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी वापस आ जाएं जिनके लौटने की उम्मीद और आशा आपने नहीं की थी कोई बिछड़ा हुआ साथी आपको मिल सकता है खास करके इस साल की शुरुआत में आपको काफ़ी कुछ सफलताएं देखने को मिलेंगी का कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस साल की शुरुआत में काम के प्रति आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस रहेंगे और महत्वाकांक्षी रवैया अपनाएंगे जिससे कार्यक्षेत्र पर आपके प्रबल और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस साल के मार्च के महीने में बृहस्पति का दर्शकों मकर राशि में जो गोचर होने वाला है तो जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं विद्यार्थी वर्ग हैं शिक्षा के क्षेत्र में खासा लाभ उनको दिलाएगा हो सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाएं। इस दिशा में कोई बहुत बड़ा काम विद्यार्थी वर्ग शुरू कर सकते हैं क्योंकि राहु आपके दसवें भाव में विराजमान होगा जिस वजह से कार्य की दिशा में कुछ तनाव आप लोग महसूस कर सकते हैं इसके साथ साथ बेहतर रहेगा कि आगे बढ़कर काम करिए आपको अपनी मुस्क मुश्किलों से उबरने का रास्ता खुद ही जो है आपको मिलेगा किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है आप निश्चित रूप से बेहद ही समझदार किस्म के जो है व्यक्तित्व के धनी हैं और इसलिए हर परिस्थितियों का सामना जो रहता है कन्या राशि के जातक बहुत सोझ सूझबूझ के कहते हैं देखिए कन्या जो राशि के जातक होते हैं ये राजा के बड़े प्रिय होते हैं बॉस के बड़े प्रिय होते हैं कन्या राशि के बारे में देखिए बताया भी जाता है कि कन्या लग्न भवेश जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथा प्रिया सुंदर होते हैं तो शनि और गुरु के व्री होने का है साल के इस माह में धन के निवेश से जुड़ा कोई फैसला ना ले टाले तो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर रह रहे हैं जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है वहाँ से काफ़ी दूर है तो साल के मध्य में आप अपने घर वापस आने का सहयोग बन रहा है अगस्त माह में सेहत के प्रति सचेत रहें और विशेष रूप से आपको मानसिक तनाव की जो स्थिति रहती है इसमें आप लोग ड्राइविंग करने से बचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा दर्शकों अब आइए विस्तार से जानते हैं कि साल दो में जीवन के हर क्षेत्र में हमने आपको बताया ना आठ बिंदुओं पर बताए हैं जो है ये राशिफल तो तो सबसे, सबसे जो मेजर फैक्ट है कैरियर कैरियर पर चलते हैं कन्या राशि फल दो हजार बीस के अनुसार ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा बीतेगा कार्य से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपके कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट से आप लोग जुड़ सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा ये प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा मार्च के महीने में कार्य से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला ना लें क्योंकि ये जो फैसला रहेगा आपके लिए कुछ हानिकारक साबित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है कार्य क्षेत्र की दिशा में जो है आपको विदेश यात्राओं के योग भी करने पड़ सकते हैं जो आपको नए लोगों के साथ जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कार्यक्षेत्र दो हज़ार में जो कन्या राशि जा के जातक हैं अपनी मेहनत के बदौलत ही आप अपने बॉस के नजरों को जो है प्रशंसा के पात्र बनेंगे आपके उच्चाधिकारी आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे सकते हैं कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी साल के मध्य में मत छोड़िएगा क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जी हाँ कैरियर के लिहाज से साल का अंत आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा नई सौगातें लेकर के आएगा यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं वर्ष के अंत में आपको नई नौकरी मिलेगी और दर्शकों बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको कोई जो है इंटरव्यू वगैरह पेंडिंग का है और रिजल्ट आने वाला है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आया है आर्थिक स्थिति की ओर अब हम बात कर लेते हैं तो कन्या राशिफल 2020 के अनुसार वर्ष आपके लिए धन के मामलों में में काफी अच्छा रहेगा साल की शुरुआत किए गए निवेश आपको फलदायी सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं वहीं पूर्व में किसी को यदि आपने धन उधार दिया है तो इस साल आपको धन मिलेगा जमीन से जुड़े मामलों में साल की शुरुआत या अंत में अच्छे समाचार मिल सकते हैं पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए हैं खास करके जो है नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं और दलहन की फसलों से संबंधित जुड़े हुए हैं तो उनके लिए काफी अच्छा साबित रहेगा ध्यान रखने की बात यह है कि साल के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ना ले पार्टनरशिप में साल के मध्य में कोई नई पार्टनरशिप ना करे ना कोई पार्टनरशिप आप बनाए जून के महीने में लेन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरते कैश आपको किसी को नहीं देना है अकाउंट uh, ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं तो आपके पास प्रूफ रहेगा तो पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा आपके नवम भाव में राहु के स्थापित होने की वजह से पिता के साथ जमीन जायदाद के मामलों को लेकर के मतभेद होने की कुछ संभावना है लेकिन बाद में ये मतभेद सुलझेंगे और आपको संपत्ति प्राप्त होगी सितंबर के महीने में आर्थिक लाभ की प्रबल स्थिति बन रही है लेकिन अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है इस साल में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैजेट आप लोग परचेस करते हुए नजर आएंगे कोई वाहन भी आप लोग परचेज कर सकते हैं जिससे आपका बजट कुछ असंतुलित हो सकता है साल के अंत में आय में बढ़ोतरी हो सकती है पिता या ससुर के साथ बिगड़े हुए रिश्ते आपके सुधरेंगे आर्थिक लाभ की स्थिति फिलहाल काफ़ी अच्छी रहने वाली है कन्या राशि के जातकों के लिए एजुकेशन की ओर चलते हैं कि दो में शिक्षा कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों के लिए तो कन्या राशिफल दो हज़ार के अनुसार शनि आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे इसलिए शिक्षा के मामलों में विद्यार्थियों को थोड़ा सा हालत से घेर सकता है आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट क्लियर होंगे जो शनि है बहुत मंद गति से चलने वाला है समझ में आएगा लेकिन देर से आएगा साल की शुरुआत में यदि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने खर, जो है खर्चे निकालने के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो इस दिशा में भाग्य आपका साथ देगा चूँकि इस साल आपके पांचवे भाव का स्वामी बृहस्पति जो रहेगा ये वक्री रहेगा इसलिए इस वक्त पढ़ाई के लिए विषयों का चुनाव करते वक्त काफ़ी आपको सतर्कता बरतनी रहेगी यदि आप हाई स्कूल पास किए हैं और इंटर में जा रहे हैं तो सोच समझ करके सब्जेक्ट विचार करके लीजिएगा या इंटर पास करके ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो सोच विचारिएगा आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं सितंबर के माह में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए विदेश जाने का योग बन रहा है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बिना वजह आपको नहीं उलझना है टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कुल मिला करके शिक्षा के दृष्टिकोण से ये साल मिला आपको परिणाम देने वाला है पारिवारिक जीवन पर दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले कुछ बिंदुओं को हम आपके साथ जो है शेयर करना चाहते हैं और यदि आप भी इन चीज़ों से देखिए परेशान हैं तो सावधान रहने की आपको यहां पर हम सलाह दे रहे हैं देखिए पूजा पाठ के नाम पर ठगने वाले ऐसे ज्योतिषियों से आप लोगों को बचना है जो कि आपके अमूल्य धन को ले करके पूजा पाठ भी नहीं करते और आप लोगों को सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मूर्ख बनाते हैं जी हाँ बिल्कुल हमने सही कहा है क्योंकि तमाम हमारे पास ऐसे लोगों के फोन आया करते हैं कि पंडित जी हमने तो उनको पैसा दिया था और हमारा कुछ हुआ भी नहीं कुछ लोग जो है नागपंचमी के दिन पूजा कराएंगे कुछ लोग काल सर्प की पूजा जो है बैठे बैठे कराएंगे कुछ लोग जो है क्या कहते हैं कि अलग अलग त्यौहार पर कोई गुरु कुछ योग पर पूजा करा देते हैं यज्ञ करा देते हैं ऐसे लोगों से बचना है बीमार आप हैं दवा आप ही खाएंगे पंडित जी नहीं खाएंगे आप यहाँ बैठे हजार किलोमीटर दूर बैठ के पंडित जी आपकी कोई पूजा नहीं कराएंगे इन चीज़ों पर हम निशाना साधते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं तो पैसा आपका है इसको आपको बचा करके रखना है क्यों आप किसी को पैसा दे व्यर्थ का धन आप लोग मत खर्च करिए और दर्शकों बताना चाहेंगे कि अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो गरीबों को बांट दीजिए वो ठीक रहेगा कम से कम आपको संतोष तो रहेगा कि आपका पैसा किसी जो है सदुपयोग में खर्च हुआ बड़ी मेहनत से पैसा आता है इसको आप लोग बचा करके रखिए और ऐसे ठग पंडितों से दूर रहिए जो कि आपको जो है फंसाते हैं चिकनी चुपड़ी बातों में कोई पेड़ बेचेगा कोई दीपक बेचेगा कोई तेल बेचेगा कोई अगरबत्ती बेचेगा कोई धूपबत्ती बेचेगा क्या ये सब जो को लगा रखे हो बाद में इसमें ज्योति बुरे बनते बदनाम बनते हैं तो इन चीज़ों से दर्शकों आपको बचना है किसी भी प्रकार का चंदा डोनेशन ये सब आप लोगों को नहीं देना है अन्यथा आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग भी पाप के भागी बनेंगे आप खुद बताइए आप यहाँ बैठे हजार किलोमीटर दूर बैठ के कौन पंडित पूजा आपकी करा देगा पूजा पाठ में संकल्प होता है हाथ में लिया जाता है पता है ना आप लोगों को पूजा पाठ आप लोगों ने करवाई होगी कुछ लोग रुद्राभिषेक करवा देते हैं किसी रात्रि में हम रुद्राभिषेक आपका करवा देंगे आप दस हजार पंद्रह भेज दीजिए अरे वो दस पंद्रह अगर आप गरीबों में जो है जा करके कुछ आप अपने जन्मदिन के दिन यदि बांट देते हैं तो यकीन मानिए आपको आत्मसंतोष यहाँ से होगा और यहाँ से भी होगा तो चलिए इन विषयों पर ही हमको प्रकाश डालना था पारिवारिक जीवन की ओर चलते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए तो 2020 के अनुसार चूंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान होगा इसलिए साल की शुरुआत में परिवार की महिलाओं के बीच अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जमीन जायदाद के मामलों में छोटे भाई बहनों के साथ विवाद व पिता के साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है दर्शकों माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और माता के साथ रिश्तों में कुछ खटास आने की भी वजह से आप मानसिक रूप से तनाव का शिकार हो सकते हैं परिवार के किसी सदस्य को समाज में उपलब्धि भी मिलती हुई जो है इसमें दिखाई पड़ रही है परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का सितंबर के माह में पिता के साथ संबंधों में हमने आपको बताया कि थोड़ी सी जो है दिक्कत आएगी लेकिन बाद में ये स्थिति ठीक रहेगी कोई नए मेहमान का आपके परिवार में आगमन होगा खुशियों का आगमन होगा साल के अंत में परिवार से दूर विदेश यात्रा के लिए आप जा सकते हैं तो देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है इस साल कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फल देगा यदि अभी तक आप पिता नहीं बने हैं तो इस साल पिता आप बनते हुए दिखाई पड़ेंगे या यदि आप फीमेल हैं तो किसी जो है शिशु को जन्म देती हुई नजर रहेंगे वही वही वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति आ रहेंगी तो कन्या राशिफल दो हज़ार के अनुसार वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे और इस लिहाज से यदि हम बात करें तो वैवाहिक संबंध वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा अपने पार्टनर के साथ कहीं विदेश यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं हालांकि मार्च से लेकर के सितंबर तक पति या पत्नी प्रेमी या प्रेमिका के साथ कुछ मतभेद की स्थिति की उत्पन्न हो सकती है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है बेहतर रहेगा कि इस दौरान आप लोग अपनी वाणी पर संयम रखिए साल के मध्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत हो सकती है इस दौरान जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें अच्छी बातें करें अच्छे आचार विचार रखें तो ठीक रहेगा और जहां तक हो सके तो प्यार से उनके सामने पेश आए विवाह योग्य लड़कों के लिए उनसे उम्र में बड़ी लड़कियों की शादी का जो है क्या कहते हैं प्रस्ताव आ सकता है आप कम एज के हैं आपसे बड़ी एज के प्रस्ताव आएंगे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्रेम संबंधों की ओर चलिए दो कन्या राशि के जातकों का 2020 में प्रेम संबंध कैसा रहेगा तो चलिए 2000 राशिफल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातक इस साल अपने पार्टनर को अपने खुश मिजाज और मजाकिया स्वभाव से खुश करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे यदि आपके पार्टनर बिछड़ चुके हैं ब्रेकअप हुआ है तो पुनः ये ब्रेकअप जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा अपने प्रेम संबंधों को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने मन की बातों का इजहार आप अपने पार्टनर के साथ जरूर करिए यदि आप लोग फ्रेंडशिप में हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए ठीक रहेगा साल के मध्य में ऐसे लोग जिनका अपने पार्टनर से अलगाव हो चुका है वो लोग एक दूसरे के साथ दोबारा जोड़ सकते हैं मई के बाद आपके प्रेमी के साथ आपकी कुछ दूरी बढ़ सकती है कुछ खटाह आ सकती है कुछ रिश्तों में जो है कड़वाहट आ सकती है हालांकि हमने आपको बताया कि साल के अंत तक आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है और परिवार वाले भी आपके मानेंगे बेहतर रहेगा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा और आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी होगी आप लोग रिश्ते में बनते हुए नजर आएंगे कोई नया प्रेम संबंध एक साथ दो प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं इस कारण भी कुछ खटास आएगी चलिए दर्शकों स्वास्थ्य की ओर चलते हैं कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ आप आप लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा? तो कन्या 2020 के के अनुसार सेहत दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अति उत्तम सिद्ध रहने वाला है। इस वर्ष लोग खुद को एनर्जी से भरपूर और तरोताजा महसूस कर, करेंगे भले ही इस साल आप कितनी भी भागदौड़ क्यों ना करें भले ही आप इस साल कितनी भी विदेश यात्राएं क्यों ना करें भले ही इस साल आप लोग लंबी दूरी की यात्राएं क्यों ना करें लेकिन आपको थकान नहीं पता चलेगी मई के महीने में संभव है कि कोई पुरानी बीमारी जो ठीक हो चुकी है वो फिर आपके सामने उभर करके आ जाए हाई ब्लड प्रेशर के आप लोग शिकार रहेगी स्किन या न्यूरो से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है बेहतर रहेगा आप लोग अपनी कुंडलीत दिखाते हैं तो वो चीज़ पकड़ में आएगी और आपकी स्थिति तो ठीक ही रहेगी स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा लेकिन आपको खान प्या खान पान का ध्यान देने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं जंक फूड से दूर रहना है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से आपको दूर रहना है और हो सके तो मध्यपान का धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी ना करें अन्यथा काफ़ी दिक्कत हो सकती है साल के मध्य में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए ठीक रहेगा लेकिन जो मध्य रहेगा ये उतार चढ़ाव भरा रहेगा दर्शकों हमने लगभग सात पॉइंट पे आपको हर एक चीज बता दी अब हम अपने इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं और उपाय आते हैं कि बेहतर परिणामों के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए 2020 में कौन कौन से ऐसे प्रयोग करें कि उनके जीवन में बदलाव आए बदलाव तो नियमित रूप से दशरथ कृष्ण शनि जो है इस का आप लोगों को पाठ करना रहेगा अच्छे परिणामों के लिए सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा गाय को गुड़ और चना आप लोग खिलाई और गाय की पीठ पर हाथ फेरिए। बुधवार वाले दिन और रविवार वाले दिन गणपति शीर्ष का आप लोगों को पाठ करना रहेगा वर्ष में दो बार लाल रंग का चोला आपको हनुमान जी को चढ़ाना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि एक नारियल आपको लेना है पानी वाला और शनिवार वाले दिन साल में कम से कम ये आप लोग जो है महीने में एक बार ये उपाय जरूर करिएगा बहुत अच्छा उपाय है और काफी कुछ ये आपको देगा तो वर्ष में आप लोगों को 12 मतलब 12 बार महीने में एक बार शनिवार वाले दिन शुक्ल पक्ष का हो कृष्ण पक्ष का हो शनिवार होना चाहिए शनिवार वाले दिन आपको करना क्या है पानी वाला नारियल लेना है और काले कपड़े में उसको आपको रख करके कर उस काले कपड़े को बांध देना है और अपने सर के ऊपर से सात बार क्लाकवाइज दक्षिणा वर्त आपको घुमाना है और जल में आपको प्रवाह कर देना है और देखते रहिए नारियलो जब आपकी आंखों से ओझल हो जाए पलट के आप लोग चले आइए और अपनी जो भी विषय हो जो भी मनोकामना आपकी ना पूर्ण हो रही हो आप उस नारियल से बोल करके जल प्रवाह करिए देखिए कितनी जल्दी आप लोगों को सफलता प्राप्त होती है गर्मियों के मौसम में दर्शकों अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पशु पक्षियों के लिए जल की समुचित व्यवस्था करिए और उनके लिए अनाज और दानों की व्यवस्था करते हैं तो ठीक रहेगा बेहतर रहेगा आपकी कुंडली में क्या चल रहा है आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा करके रत्न संबंधी भी जो है परामर्श आप हमसे ले सकते हैं कि आपको पन्ना पहनना है कि ओपल पहनना है कि नीलम पहनना है गोमैत और कैट्स आई तो भूल से भी मत पहनी अन्यथा आप लोग पछताएँगे तो दर्शकों ये तो था देखिए वार्षिक राशिफल 2020 उम्मीद करते हमारा ये राशिफल आप लोगों को पसंद आया होगा लेकिन दर्शकों यही नहीं रुकने वाले हैं यदि हमारा ये राशिफल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगेगा आप अपने फेसबुक पेज पर भी इसको शेयर कर सकते हैं आप यदि हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट ले करके संपर्क जो है कर सकते हैं उपाय वगैरह बताएंगे और कोई ऐसा नहीं है कि हम आपसे पाँच दस मिनट बात करेंगे कोई जो है मतलब जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपसे बात करेंगे और कोशिश कीजिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण वर्ष में दो से तीन बार तो जरूर दिखाते रहिए गृह गोचर की स्थिति क्या कहती है जाते जाते नौवर्ष की शुभकामनाओं सहित आप सभी कन्या राशि वाले जातकों को हम जो है छोड़ जाते हैं मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार